अंदर ये है आशिमा का डोसा ये रहा हमारा पनीर पराँठा हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो गाइस आज हम जा रहे थे घूमने जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था बाइक की सर्विस कराते हुए कि हम जो है कहीं घूमने जाएंगे तो घूमने हम आज जा रहे हैं और जो भी टूर है हमारा आठ दस दिन का मजा आएगा पहले तो हम घर जाएंगे यहाँ से मेरा घर पड़ता है लगभग 300 किलोमीटर पहले घर जाएंगे घर जाने के बाद शादी है घर पर जो भी चाचा के लड़के की शादी है उसको करेंगे और उसके बाद जाएंगे नैनीताल तो आज हम मैं अकेला नहीं हूँ हमेशा अकेला होता हूँ आज अकेला नी हूँ आज मेरे साथ मेरी वाइफ है हम दोनों ही जा रहे हैं घूमने भी हम दोनों जाएंगे तो मज़ा आएगा वीडियो में बने रहना एंड तक वीडियो देखना और पूरे टूर का आनंद लेना क्योंकि तो आठ दस दिन का टूर है तो काफ़ी सारी वीडियो आएँगी तो दोस्तों बने रहना वीडियो में चलिए चलते हैं मिलते हैं आज को दोस्तों अभी हम आ गए हैं डीएनडी व्हाट डी है एक नंबर भाई साहब बहुत ही बड़ा हाई है ये तो वन साइड है एक साइड से जाने वाले हैं एक यह है, एक साइड से जाने वाले जो कि ये सीधा इस पर कोई कट ही नहीं है ये सीधा आपको हापुड़ ही निकालेगा हापुड़ मेरठ के लिए जो कट होता है तक ही आएगा जो तो बहुत बड़ा रोड है यार एक लाइन यहाँ है और एक लाइन यहाँ इसी लाइन में कम से कम पाँच ट्रक जो है एक साथ चल सकते हैं एक साथ का मतलब समझ रहे हैं ना एक ही लाइन में एक साथ चल सकते हैं पांच ट्रक तो इतनी बड़ी ये है वा, ये वाली रोड है और तीन तीन जो है तीन ट्रक उस रोड पर चल सकते हैं तो लगा आठ ट्रक जो है ना आठ हैवी वाले जो व्हीकल हैं वो एक साथ चल सकते हैं फिर भी बंदा जो है जाम नहीं लग सकता तो आप लगा सकते हो कितना बड़ा रोड है फिर इतने आठ ही ये साइड है और आठ ही वो साइड है जो उधर से आने वाली साइड है ना वो साइड आठ वो साइड देख रहा हूं मैं आप ये आपको अब दिख रहा होगा अच्छे से ये देख सकते हैं कितना बड़ा रोड है यार बहुत प्यारा रोड है बहुत अच्छा रोड है मेरठ गाजियाबाद बुलंदशहर नोएडा इनमें से आप कहीं भी जाना चाहते हैं तो आप इस इसी पे जा सकते हैं गाजियाबाद हुआ नोएडा हुआ आप कहीं भी जा सकते हैं देख रहे हैं ना बोर्ड गाजियाबाद के लिए और नोएडा के लिए यहाँ से कट है एक्सीड ले लेंगे तो आप गाजियाबाद और नोएडा के लिए मुड़ जाएंगे और बाकी हम मेरठ मेरा देख रहे हैं मेरठ और हापुड़ इसके लिए हम इस रोड पर चल रहे हैं तो भाई अभी हम आ गए लखवा के टूल टैक्स पे जो कि फर्स्ट टूल टैक्स है इधर देख रहे होंगे आप लाइन लगी हुई है बट हम नहीं रुकेंगे क्योंकि हमारे पास जो है बाइक है बाइक वाले कभी नहीं रुकते और ये हैं लोकल ऑटो तो जो कि इनको भी देना नहीं पड़ेगा इनका पहले ही जो परमिट हो जाता है महीने का आपको इतना देना है तो लोकल ऑटो तो वालों को भी देने नहीं पड़ता तो अभी निकल गए हैं प्लाखुआ के टूल से भी और मिलते हैं अब आपको आगे अब आप लेंगे फर्स्ट ब्रेक क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया चलता हुए एम्बुलेंस एम्बुलेंस को साइड देना बहुत जरूरी है भाई तो गाइस अभी हम आ गए हैं ढाबा और लेते हैं पहला ब्रेक क्योंकि लगभग 100 किलोमीटर हम चल के आ गए तो थोड़े से बैठे बैठे थक भी गए और थोड़ा भूख भी लग रहा है क्योंकि सुबह हमने नाश्ता करके ही हम निकल गए थे खाया कुछ था नहीं हमने तो चलिए चलते हैं अंदर और कुछ खा लेते हैं क्योंकि भूख भी तेज़ की लग रही है तो चलिए दिखाते हैं आपको सिवा और ये ये रहा कुछ से बढ़ावा जो कि ऐसा दिखता है और हम जब भी जाते हैं इसी पे इस्टे करते हैं क्योंकि ये जो है ठीक ठाक है इसमें खाने को भी अच्छा मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए अभी आ गए हम पार्किंग में गाड़ी पार्क कर देते हैं तो भाई इस तरह का है इसी बढ़ावा तो हम बाहर तो नहीं खाएंगे, हम तो फिलहाल अंदर चलेंगे और अंदर चल के अंदर दिखाते हैं आपको ऑर्डर करते हैं तो चलिए चलते हैं अंदर तो ये रहा सिवा तो चलो चलते हैं अंदर तो अभी हम आ गए हैं सिवा में और वो है बैगे, बड़े बड़े बैगे। तो वो देख रहे हैं आप हमारा सामान दो बैग हैं बड़े बड़े बैग हैं बहुत ज़्यादा भजन है इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बैग पर भाई दिक्कत तो उठानी पड़ेगी क्योंकि आठ दिन का टूर तो है तो सामान भी चाहिए होगा खाना हमने ऑर्डर कर दिया है मैडम जी पनीर नहीं खाती दूध वाली चाय नहीं पीती तो इनके लिए अलग ऑर्डर करा मैंने अपने ही अलग ऑर्डर करा तो आने देते हैं खाना और देखते हैं दिखाते हैं आपको क्या क्या, क्या हमने ऑर्डर किया है तो खाते हैं और उसके बाद तो भाई ये है आशिमा का डोसा आशमा डोसा खाएगी और ये रहा हमारा पनीर पराँठा खाते हैं और निकलते हैं बाहर और कुछ इस तरह से दिखता है एसिवा ढाबा तो बैस खाना हो गया और अभी हम निकल रहे हैं सेवा से तो चलते हैं और निकलते हैं यहाँ से तो अभी हम आ गए हैं फिर हाईवे पे तो बैस मैं आपको बता दूँ ना बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था बट खाना अच्छा था हम तो जब भी जाते हैं यहीं रुकते हैं और कई बार जा चुके हैं बट अब की बार आप लोग साथ हो तो हमने सोचा यहीं पे खा लेते हैं दिखा देते हैं अच्छा होता है आशीम मैंने डोसा खाया था और मैंने पनीर पराँठा तो पनीर पराँठा तो एक नंबर होता है यहाँ पर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना शेयर करना और यार सब्सक्राइब कर दो यार भाई यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में तो वाइस आज का इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक, तक अपना ध्यान रखना जय हिंद जय भारत लव यू वाइस